हेलो हेलो हेलो आज रिलीज हो गई है ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर फटाफट बता देती हूँ मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स के बारे में जो ट्रेलर देख के पता लगी है. ट्रेलर के स्टार्टिंग में तीन पावर के बारे में बताया जाता है वाटर, फायर एंड और बताया जाता है हर कैरेक्टर के पास एक होता है वेपन जिससे उसको मिलती है ताकत और कुछ होते हैं वॉरियर्स जो उन वेपन को और उनके पावर को प्रोटेक्ट करते हैं तो अमिताभ सर और नागार्जुन वॉरियर प्रटेक्टर होता है तो ट्रेलर से पता चलता है कि किसके पास कौन सी पावर है और कुछ कैरेक्टर अनोन भी होते हैं जो अभी तो समझ नहीं आ रहे और साथ में कुछ डार्कनेस कैरेक्टर भी ईसा यानी आलिया के पास कोई सुपर पावर नहीं होते मूवी में यद हमें मूवी में आयर और क्वीन का कॉम्बिनेशन एक्शन भी देखने को मिलेगा शाहरुख सर के कैरेक्टर के पास शायद हनुमान की पावर है की शिवा सिकंदर है अस्त्रों का तो ही वो है जो सारे अस्त्रों को मिला के ब्रह्मास्त्र बना सकता है शिवा सारे अस्त्रों को जोड़ के त्रिशूल बनाता है जो होता है ब्रह्मास्त्र। शिवा का वे उसका लॉकेट होता है जिसके बारे में शायद उसको बाद में पता चलता है क्लाइमेक्स में शायद आलिया का डेथ हो जाता है जिसकी वजह से शिवा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसे सती के जाने के बाद शिव का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दामयंती जिसका कैरेक्टर शायद महात के दामयंती के कैरेक्टर के साथ भी सिमिलर हो सकता है या फिर उसका कैरेक्टर इन कैरेक्टर के साथ रिलेटेड हो सकता है ये सारे फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट तो में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो देखने के लिए बाय